आज थोड़ा ज्यादा होने वाला है बहुत-बहुत hey, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में हम जाने वाले हैं ग्लेशियर के पास अपने गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर ग्लेशियर के पास वहां पर चल के आपको बर्फ दिखाएंगे यहां से हमें वहां तक जाना है तो गाइज अभी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं आकिब अहमद इनसे पूछते है की हमें जो है अभी वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा जी आकेब दो तीन किलोमीटर क्या तुम लोगों ने भी वही सुना जो मैंने सुना वहां तक पोस्ट में कितना टाइम लगेगा दो तीन किलोमीटर दो तीन किलोमीटर नहीं भोसडी के कुछ जिंदगी के नियम होते नहीं होते उन्हें फेंक दिया रास्ते में ही खत्म कर दिया है। यार, <laughs> कोई बात नहीं हम तो चुती है दोबारा ट्राई करेंगे असंभव असंभव असंभव यहाँ से पर हम लग दिया लाते तो हमारी बात कुछ हो नहीं सकती तो क्या यार चलते चलते बारिश भी लग चुकी है ना ही तो हमारे पास ना ही बैठने के लिए कोई जगह है अभी तो रुको क्लाइमेट सभी बाकी यार बर्फबारी शुरू हो चुकी है यहाँ पे आधे रास्ते में ऊपर काफी ज्यादा बर्फ पड़ रही होगी अभी चलते ऊपर अभी तक हम कितने किलोमीटर आ चुके होंगे किलोमीटर पंद्रह किलोमीटर गाइस सच में मुझे हाँ यहाँ पर बर्फ भी पड़ रही है, है ना और यहाँ बहुत दूर चढ़ाई है गाय हम बहुत ही वंडरफुल लोकेशन पर पहुंच चुके हैं देख सकते हो अरे नहीं कोई गलत ना कह दे वरना कहेंगे ये सोसाइटी ही बेकार है समाज ही चूतिया है तो गायर बर्फ के पास तो पहुंच चुके हैं लेकिन यहां पर ख़ास बर्फ़ नहीं है ऊपर से बर्फ भी पड़ रही है लेकिन अभी हम कोशिश करेंगे थोड़ा और आगे जाने की एक बड़े मैदान में उसके बाद वापस घर जाएंगे चल यहाँ पर थोड़ी सी बर्फ़ हमें दिखने लगी है देख सकते तो। अभी उस तरफ हमें जाना है पहुंचने तो के के अभी हम के पास ही वाले हैं। हालांकि यहाँ पर जो बर्फ है अभी और पड़ भी रही है लेकिन अभी हमें ओ भैया बर्फबारी स्टार्ट हो चुकी है ऊपर से हम बर्फ के पास भी पहुंच चुके हैं, तो बर्फ खाने का मजा ही अलग है आके हाँ भाई कैसा फील हो रहा है इतनी मेहनत के बाद थोड़ा बर्फ के पास हम तो अच्छूती हैं दोबारा ट्राई करेंगे और बर्फ पड़ रही है यहां से काफी ज्यादा बर्फ अभी पड़ रही है तो गाय जा रही है बर्फ और अभी यहाँ पर जो उतनी बर्फ भी नहीं है जितना हम सोच के आए थे अभी हम यहाँ से कर रहे हैं रिटर्न घर की तरफ अभी यहाँ से जा रहे हैं घर क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ बारिश स्टार्ट हो चुकी है हो सकता है हम बाद में फंस जाए यहाँ पे। तो इससे अच्छा है कि हम वापस घर जाएँ गैज वो देखो वहाँ पे कितनी बर्फ़ है वहाँ पर तो अभी नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है हो सकता है बाद में हमें रास्ता माम ना मिले वहाँ से फ़िलहाल अभी हम यहाँ तो पहली बार ही आए हैं तो हो सकता है यहाँ से जाते वक्त भी रास्ता ढूंढने में प्रॉब्लम आ जाए अरे आज तू बोलेगा डैडी बोल, डैडी बोल, डैडी, फुल